तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर दोस्तों आप सभी मेरी फैमिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों बैट अनबॉक्सिंग वीडियो दोस्तों आपको इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और पूरा रिव्यू मिल जाएगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखना मैं आपको ए टू जेड बताऊँगा दोस्तों यहाँ आप प्रोडक्ट का विवरण देख सकते कि इसका ब्रांड है एम रंग वाइट और वजन तोलने की सीमा है 10 किलोग्राम और नीचे आप प्रोडक्ट की साइज देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का साइज कितना है दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट की साइज कितनी है दोस्तों अब फिर से और बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोडक्ट के विवरण में अब मेटेरियल है प्लास्टिक का दोस्तों यहाँ पर यह प्लास्टिक का बना है और आइटम का वजन सौ ग्राम है बॉक्स में क्या क्या मिलेगा दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि एस एफ चार सौ का स्केल मिलेगा आपको और एक एडेप्टर चार्जर मिलेगा इसके साथ आपको यहाँ पर मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना है तो दोस्तों आज देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर पार्सल आ गया दोस्तों यहाँ पर मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ आप भी ऐसा ही कर सकते दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बबल पॉलीथीन है ताकि प्रोडक्ट को कोई को नुकसान ना हो जाए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजर मैनुअल है और यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी के साथ पूरी तरह से भेजा ताकि इसे डैमेज ना हो जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्जर और यहाँ पर हमारा जो मशीन है वो निकल आया दोस्तों यहाँ पर बदन तोलने का मशीन है दोस्तों यहाँ पर आप दो सेल देख सकते हो दोस्तों ये रिचार्जेबल सेल है आप इन्हें रिचार्ज कर चार्ज कर सकते तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बबल रेफ से हमने इसे निकाल लिया दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा है दोस्तों यहाँ पर सेल लगाने होते हैं दोस्तों यहाँ पर हम सेल लगा लेते दोस्तों हमने सेल लगा लिए दोस्तों यहाँ पर सेल लगाने के बाद यहाँ पर हम चार्जर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पांच बटन दिए गए और यहाँ पर हम चार्जर का वजन तोलते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि चार्जर का वजन इक्यावन ग्राम है दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन बटनों से हम इन्हें माइनस कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकेंगे दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं आपको इसकी वजन सीमा तोल के दिखाऊँगा कि इसका वजन कितने तक तोल देगा दोस्तों आप देख सकते कि यहाँ पर मैंने ईट रख दी है और नौ ग्राम से नौ किलो से भी ज़्यादा की ईंट है यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा दोस्तों आप इसे अपने घरेलू उपयोग के लिए ले सकते हैं दोस्तों अब वीडियो को लास्ट में आप सभी को बताने जा रहा हूं कि इसकी प्राइस क्या है दोस्तों आपको इसकी प्राइस जानकर बहुत ही खुशी होगी दोस्तों इसका प्राइस है छः साढ़े चार काफ़ी छोटा कीमत है दोस्तों आप इसे बाय कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत समय और टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है तो प्लीज़ भाई लोगों आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि दोस्तों आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे ग्रोथ करेंगे धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए